अनमोल तेरा जीवन यूँ ही गमारा अनमोल तेरा जीवन यूँ ही गमारा किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रा किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा अनमोल तेरा जीवन यूही गमारा अनमोल तेरा जीवन के नींद में ही ये रात ढल न जाए के नींद में ही ये रात ढल न जाए पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए इनकी की है ये सांस यू ही लूटा रहा है रहा है अनमोल तेरा जी यूने गवाया किसी और तेरी किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा, तेरा जीव जाएगा जब यहां से कोई साथ नहीं देगा जाएगा जब यहां से कोई साथ नहीं देगा किस हाथ किया है उसे हाथ में मिलेगा इस हाथ से जो किया है उस हाथ में मिलेगा कर्मों की है ये खेती आज पा रहा है कर्मों की है ये खेती आज पा रहा है अनमोल तेरा जी किस किसोर तेरी मंजिल किस किशोर जा रहा है अनमोर तेरा जी तुझे गवा रहा है ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझ को घेरा ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा सुख में है सभी हंसा थी दुख में कोई न तेरा सुख में सभी हंसा थी सुख में कोई न तेरा तेरा ही मोह है तुझको कब से रुला रहा है तेरा ही मोह है तुझको कब से रुला रहा जब तक भेद मन में भगवान से जुदा है जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है सुख रूप होकर भी तुम दुख पा रहा है सुख सुखरूप होकर भी तू दुख पा रहा है अनमोल तेरा जीव तुम्हें गमारा अनमोल तेरा जीव तुम्हें गमारा किशोर तेरी मंदिर किशोर जा रहा अनमोल तेरा जीव तुम्हें गमारा